ट्राई चेयरमैन ने आधार साझा कर उसका दुरुपयोग करने की चुनौती दी यूजर्स ने उनकी निजी जानकारी लीक कर दी ट्विटर पर एक यूजर ने आर एस शर्मा की निजी सूचनाएं सार्वजनिक कर दी यू आई के महानिदेशक रह चुके हैं आर एस शर्मा चुनौती मिलने के बाद एक यूजर ने शर्मा को फ़ोन नंबर खोज निकाला कुछ यूजर्स ने शर्मा को दोबारा ऐसा न करने की सलाह दी थी ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने शनिवार को अपना आधार नंबर ट्विटर पर पोस्ट करते एक चुनौती दी कि कोई भी केवल नंबर जानकर उसका दुरुपयोग करके दिखाए शर्मा ने कहा मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप मुझे नुकसान पहुँचाने का एक उदाहरण दिखाएं। इस पोस्ट के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई कुछ ही घंटों बाद एक यूजर ने शर्मा को निजी जीवन के कई आंकड़े उनके 12 अंकों की आधार संख्या के माध्यम से जुटाकर जारी कर दिए आर एस शर्मा की व्यक्तिगत जानकारी ट्विटर हैंडल एट वन वाई से जारी की गई इनमें शर्मा का निजी पता जन्म तिथि वैकल्पिक फ़ोन नंबर आदि शामिल है ये अकाउंट एलियट एंडरसन उपनाम वाले फ्रांस के एक सुरक्षा विशेषज्ञ का है उन्होंने इन आंकड़ों को जारी करते हुए शर्मा को बताया कि आधार संख्या को सार्वजनिक करने के क्या खतरे हो सकते हैं आधार संख्या सार्वजनिक करना अच्छा विचार नहीं है एंडरसन ने ट्वीट में लिखा आधार संख्या असुरक्षित है लोग आपका निजी पता वैकल्पिक फ़ोन नंबर से लेकर काफ़ी कुछ जान सकते हैं मैं यहीं रुकता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अपना आधार संख्या सार्वजनिक करना एक अच्छा विचार नहीं है एंडरसन ने शर्मा को जवाब देते हुए कहा आपके आधार संख्या के साथ एक फ़ोन नंबर जुड़ा है यह नंबर आपके सचिव का है एंडरसन ने शर्मा के निजी फोटो तक ढूंढ़ निकाले उन्होंने पूछा मैं समझता हूं कि इस तस्वीर में आपकी पत्नी और बेटी है एंडरसन आधार डेटा प्रणाली की सुरक्षा से जुड़ी खामियों का खुलासा करने के लिए जाने जाते हैं एक यूज़र ने मोबाइल खोज कर दिया एक यूज़र ने शर्मा का मोबाइल नंबर खोज निकालने का दावा किया तो कई अन्य ने अपनी आधार पहचान सार्वजनिक करने के लिए उनको ट्रोल किया एक अन्य यूजर ने आधार नंबर का दुरुपयोग करने पर कानूनी संरक्षण देने की बात कही इस पर शर्मा ने कहा आप करके दिखाओ मैं वादा करता हूँ मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा क्यू के महानिदेशक रहे शर्मा आधार कार्यक्रम के बड़े हिमायती रहे हैं आधार को लेकर निजता की चिंता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो ये आधार नंबर से कुछ अपडेट जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आप तक पहुंचाई गई यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारे YouTube पर वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद